आप जिनके कहरी होते हैं आप जिनके कह रही है होते हैं वो बड़े कुछ नसीबे होते हैं आप जिन्ही के करीब होते हैं जब तबीयत है, किसी पे आती है तबीयत किसी पे आती है माथे के दिन कह रही है आप दिन के कहरी है वो बड़े कुछ नसीब होते गोते जिनके करीब होते मुझसे मिलना फिर आपकार मिलना मुझसे मिलना पे आपकार मिलना आप, आप, आप किसी को नसीब होते हैं आप किसी को नसीब हो ओ बड़े कुदे नसीब हो सह करे जो गुफ नहीं करते सह करे जो गुफ नहीं करते उनके दिल भी है जीव नसीब होते हैं। वो बड़े खुद नसीब होते हैं, आप के करीब होते हैं, आप के करीब नहीं मिलता इसके इसमें और कुछ नहीं मिलता सेकड़ोग में नसीब होते वो बड़े कुछ नसीब ते नी वे हो दे आप जिल के करी हो आप जिल के गरीब हो